नमस्कार करनाल सीएम सिटी की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से टेंट यहाँ पर लग चुके हैं जिला सचिवालय में भी टेंट लगे थे और अब यहाँ पर एक बार फिर दोबारा से टेंट लगते हुए नजर आ रहे हैं काफी लोगों की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सोशल मीडिया में काफी प्रख्यात रह चुके हैं भजन सिंह सीधी इनसे बात करना चाहेंगे भजन जी क्या कुछ कहना चाहोगे पहले जिला सचिवालय का घेराव किया अब मुख्यमंत्री के निवास स्थान का घेराव किया जो घेराव किया गया है वो हमारे यूनियन के ऑर्डर थे गुरुनाम सिंह चुडून के ऑर्डर थे और ये जो भी आगे आग ऑर्डर आएंगे आज रात तक उनको फॉलो करेंगे चाहे कल सेक्ट्रेट का गहरा हो चंडीगढ़ या पूरा कर्नालक बंद करना हो या पूरा हरियाणा जाम करना हो जैसे ऑर्डर आएंगे उन्हीं पे हम वैसे के वैसे कार्रवाई करेंगे और अगर यहाँ इधर ना लगाने के लिए कहेंगे हम यहीं यहीं लगा के रखेंगे पर हमारे अलग निराया यहाँ से बात बनेगी बात को लंबी खींचेंगे ग्यारह तारीख पकड़ेंगे और जो पच्चीस तारीख दी थी फिर एक तारीख दी थी ग्यारह तारीख दी थी इन तीनों डेट को देने का सिर्फ एक ही मतलब है भाई जो ये एम से नीचे जीरी खरीद के टांका लगाना है पंद्रह में चौदह नीचे खरीद के ये टंका जो लगा रहे हैं कपड़ा जो कर रहे हैं वही इनका मेन मकसद है ये बिहार से है जैसे और यहाँ मजदूरी करता है ये किसान और मजदूर का आंदोलन है और ये हमारे मजदूर भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिला आंदोलन में खड़े है बिहार में इनकी ऐसी स्थिति खराब हुई है दो हजार छह से ये कानून वहां पे लागू हुए थे कंपनी है वही फसलों को खरीदती है जिस फसल को दिल करता उसको खरीद लेती है जिसको दिल करता छोड़ देती है तो ये आज यहाँ से यहाँ पेदूर बने हुए हैं कानून लागू अगर हो गए हमको बिहार में जाके गुजरात में मजदूर तो जारी होते थे की नहीं धान की फसल अपनी खरीदी जाएगी दस दिन बाद रुक कर खरीदी जाएगी क्या पहले भी ऐसा होता था पहले ऐसा कभी नहीं हुआ किसी सरकार में ना ही गेटों के ताला लगाए जाते जाते थे ना मंडी पे बैरिकेट लगाए जाते थे भाई किलेबंदी कर दो इनकी फसल जिस टाइम पकती थी उसी टाइम किसान लेके जाता था मैसेज की इंतजार करना पड़ता है पे आएगा। इन। और जो पुलिस मतलब खड़ी पी है पीछे तो इनके बारे में फोटो दिखाओ पहले खड़े हैं तो मतलब इनका इतने लठ ले रहे हैं इतने मोटे मोटे लठ बकरी समझ रहे एक लठटने की मा। मार लो मारने और दो लाख रुपए मेरे किसान दो टक्टरी फोड़ेंगे तो मैं एक तो पुलिस वाले कहना चाहूंगा लठ मारे बिना टंग मारा माथे पर ना मारा क्योंकि माथे मैं फेसबुक पर बोलना पड़ा तो टंग के नारे दिखेंगे तो मेरा मेन मकसद यू हो चाहे लठ मारियो चाहे ना मारियो ना लठ लाठी चार्ज हो गया मैं नाई के, के में खोख किसी टीन के, के में ट्रैली में अपना सिर मारोड़ सीधी मैंने कल्पना चावला में पढ़ना आ जाएगा कल किसान आंदोलन कर का दो लाख रुपए उसमें एक सत्तर का कुछ करियो तीस हजार रुपए की मैंने जोर था उसमें कार में तेल पोना आंदोलन में फिर सहयोग करना तो मेन मकसद मेरा यू हुआ तो पहले सिर फोड़ो उसके बाद पैसा दो क्यूँकी जो जब सिर फूटेगा कोई वीडियो, वीडियो वीडियो तो बनने नहीं है वो तो मैंने कहना भाई पुलिस ने मारे तो चाहिए तो ये कहना चाहता हूँ बिहारी भाई है जो है, कर रहे हैं आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं अपने बिहारी भाई को लेके एक तु भोर भवाल जिया है तू भोर भवाली ता के ताही ता नाची गाई सबके मन बहला वैया भैया हो अपनी भाषा बिहारी भाषा में हाँ। तो बहुत सुंदर गाली आपने तो भाई अरे भाई हम सारा दिन इन्हीं के साथ रहता है वहाँ खेत में हमारा मज का काम भी यही करता है धान यही लगाता है सब खेत में हमारा कटाई करता है हाज अरे भाई इधर गाना सुना रहा बिहारी भाषा में कोई बिहारी गाना सुनाना दो दो दो गाना दो गाना दे दे कहीं नहीं है तो अब ये गाना यहाँ पर जो है जरूर सुनाएंगे इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य कर देना <laughs> हमरा होगा देखो अरे वो सुना ना चुनिया के पापा ही, ही, ही हाँ देल रिंकिया के पापा ही, ही देल मार दे छोड़ दे काट दे ही, ही, ही हाँस देखो अब वो सुनाओ ना रिंकिया के पापा लहंगा उठा दे रिमोट ऐसी <laughs> चलो आप एक सुना दो जी बहुत अच्छा <laughs> गा लेते हैं सुना मैंने और हाँ। चलो सुना दो फिर भी एक बार ये और सुना दो और सुना दिया मैंने और दर्शकों के वो आ रहे हैं नीचे मैसेज आ रहे हैं भाई साहब बहुत अच्छा गाते हैं एक बार सुना दीजिए रिंकी आके पापा ही ही ही हाँ देख छोड़ दे मनोज तिवारी रोम बीजेपी के स्टार प्रचारक और मेरे किसानों का स्टार प्रचारक एक बार आने दो यूपी में चुनाव इनकी साले की बैंड बैठ बैंड बजाकर छोड़ दूंगा इनकी तो बड़ी आप स्टार प्रचारक है तो कहीं ना कहीं धमकिया भी आती होंगी आपको आजू से कहीं से तो आती होंगी इतने कुकर मुते जी मैं तो यू फोन नंबर अपना पहला तो मैं लगो के रखो चौबी घंटे फोन रखो साड़ा का कुछ भी काम नहीं है तड़के दे तक बक्चौधी करने जावेंगे फोन पर पल्ला घंटा कुछ नहीं है इनका पल्ला नियन का इनाम भी रखा गया था भजन सिंह जो की सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं हालांकि किसान स्टार प्रचारक है आप ये देख सकते हैं साफ तस्वीरों में जितनी व्यूवर हमारी खबर को देख रही है खबर को आप ज्यादा ऐसी ज्यादा अवश्य कर दीजिएगा हरियाणा के करनाल जिले से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और दोस्तों ये देखिए देख सकते हैं किस प्रकार से सामने टेंट लगा हुआ है और सभी किसान जो आवास थान के सामने से ही बैठे हुएगी फिर उसके बाद जो है इस प्रदर्शन को यहाँ से उठा लिया जाएगा और ये देखिए किस प्रकार से किसानी झंडा हाथ में लिए और वही दूसरी ओर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के आवास स्थान के ठीक ऊपर जो है तिरंगा भी यहाँ पर लहराता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है भी भी लह रा, लहराता हुआ दिखाई दे रहा है जी। <laughs> बिल्कुल जी बिल्कुल हम तरंगे का भी सम्मान करते हैं अपने जनता को आंदोलन को, को खिलाफ बताते हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं है पहले हाँ। देश तो की सुन रहे जी धमकी देते हैं आपको मेरे को पड़ी मार तो एक तो ये था और हाँ। दूसरा एक हो रहा जो पोस्ट पर भाई, जो किसी भी सरदार न मारोगे एक लाख रुपया पोली भाई, दो बच्चे तो दूसरा दूसरा युवा जी अच्छा किसी भी सरदार को मारने के एक लाख रूपये मन्ना मोडी है अच्छा पोस्ट डाल रहा हाँ। ये सारे बहर आए जो है कर्तुत्ता कर रहे अच्छा और ये आंदोलन के भी खिलाफ है हाँ। और किसान कोम के भी खिलाफ है हाँ। हाँ। और ये मतलब कहीं ना कहीं अपना कोई बीजेपी का एजेंडा चला रहे बार जिसके वजह जिसकी मतलब अच्छे पट्टे पड़े नही अच्छे पट्टा खाड़ा दाड़ेंगे फिर भी बकवास दुनिया भर की करवा लेक करेंगे तो बड़े दिनों बाद जो है आप यहाँ पर दिखे है ऐसा हम नहीं बोलते ऐसा दुनिया बोलती है लोग बोलते हैं हालांकि आप दूसरे क्षेत्रों में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं लेकिन जब भी करनाल में कोई बड़ा नेता आता है तो भजन सिंह की मौजूदगी नहीं देखी जाती ऐसा क्यों और आज क्यों एक ही बारी होया है जैसा पिछली बार जो बसताड़ा टोल टैक्स पर लाठी चार्ज होया था और पहली बात मेरे बड़े नेता जी वो सारे पिट लेंगे उसके बाद मेरी नंबर आवे क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ सबसे पहला मैं पिट पिटलूंगा फिर वो बड़ा कौन खे मेरे अगू वो पिटेंगे पहला सबसे पहला मिल जाएगा पहली तो बात ये होगी दूसरी, हाँ। दूसरी बात उसी टाइम मिसिंग था मैं दूसरी बात इधर दमकियाड़े या बस्ताड़ा टोल टैक्स के आस के गाँव लगा लो करनाल के लगा लो सारे मेरे खिलाफ है बिल्कुल कोई मेरे को देख के राजी नहीं है यहाँ पे इसलिए मैं अमुनगर जो बेल्ट है एक नंबर की बेल्ट है बिल्कुल लाडवा इसमाइाबाद और सहारनपुर तक मतलब एक नंबर के लोग सारे के सारे और उस मतलब वो जो बेल्ट है ना सारी की, सारी मेरी बरादरी ऐसे में काफी तो दिक्कत होती हो है अंदर बाहर जाने में कई बार मेरी जड़ में मोटरसाइकिल मतलब एक बंदा कल परसों की बात एक बंदा आंदोलन दे रहा जी हाँ। बोले तेरे को दो दिन तेरे लिख रहा हूँ गोली का दो दिन बाद मैंने चाह कह नही फोटो तो देख लू सब रहेगी मैंने देखी फोटो बड्डी जो लग रही थी उसके कच्छे में इतनी मोटी मोटी ताकी लग रही दिखा लग रहा है है तेरे तेरे मुझसे तो गोली ते, गोली बाप ने भी छोरी भजन जी आप आप अपने साथ थोड़ा दो-चार दोस्त करो लोगों के के आज लें। आज एक बेमी नहीं है मेरे आवंढ में तो सुनने में ऐसा भी आता तो है तो तुण्यारे तुण्यारे तुण्यारे तुण्यार तुण्यारे तुण्यारे तो की जब भजन सिंह किसी भी प्रोटेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा जो है एक भीड़ जरूर हो जाती है सेल्फिया लोग खींचते हैं आपके साथ हाँ जी बिल्कुल मतलब हम किसानों के बैठे हैं किसानों के लिए काम कर रहे हैं अपना कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं आया और बाहर जाने अपनी तैयारी आंदोलन खत्म हो जाएगा जब चले जाएंगे नहीं भी खत्म हो जाएगा फरवरी में कम से कम चले जाएंगे और कहने वालों ने ये भी ये भी कहा कि भजन सिंह तो सिर्फ एक किसान नेता है किसानी इनको आती नहीं है हालांकि आपने अपनी जमीन के अंदर अपनी खेत के अंदर भी आपने वीडियो जारी की है मैं दुनिया भर की वीडियो जी सारी जो जीरी की मारी हुई उसमें जीरी किस टाइम मैं पाड़े काटे किस टाइम मैं खार दवाई बोया किस टाइम मैंने भैया में जीरी लगवाई किस टाइम मैंने पत्ता काटा तो एक वीडियो मेरी मेरे पेज बजन सिंह मणक माजरा पढ़ी है जाकर देख सक खेती करते हैं कि है, नहीं करते हैं कि राजनीति करते हैं तो बचपन तेरा डैडी की डैथ उन्नीस सौ अठानवे में हो गई थी उसके बाद आज तक खुद खेती संभाली है रीढ़ की अड्डी टूटरी ट्रांसफार्मे कितना अपने आपू चलाऊ की अड्डी दो जगह टूटरी सात में आठ में मण का तो रीड की हड्डी का जो बीच में कैल्शियम खत्म हो गया बिल्कुल वो डैमेज हो चुकी है ढाई लाख रुपए मांग रहे कैल्शियम इसमें ढाई लाख रुपए नहीं दे तो रीड की हड्डी जुड़ तो अपने आप गई। और दबरी जिसकी वजह सांस की दिक्कत आ छी की दिक्कत आज कहीं शरीर में बंद हो गई भजन जी अगर बात करें तो जैसे आपको बाहर आंदोलनों में प्यार मिलता है आपने कहा की मेरे गाँव का आंदोलन के लोग आपकी बात को नहीं मानते मानते तो हाँ जी मैटर ये डरते हैं मतलब आंदोलन में आने से भाई कई पीछे इस मैं मैं था। था। मैं मैं था। था। बात की मैंने बड़ी खुशी है फिर तो मैं कोई दिक्कत ही नहीं मार लेखा करो क्योंकि बचाव करती है कुछ बाल भी बचाव कर देते हैं मगर अगर आपके जीर की बात कहें तो आप देख तो दे सकते हैं किस प्रकार से भजन सिंह ने अपनी बात रखी है और स्पोर्ट के लिए खड़े है काफी लोग स्पोर्ट के लिए खड़े है जो ये एक बंदा दिल से बात करता है दिल से बात करता है ये हम दस महीने से देख रहे हैं जमींदार का लड़का छोटे से परिवार से मध्यम परिवार से खेती खुद करता है और ये जो काम जो वीडियो वायरल होती है इसकी का कुछ भी होती है ये सोचता है मेरी वीडियो से मतलब किसान जो आंदोलन चल रहा है उसमें जागृति आए और इस लड़के को वाक्य में धमकी आती है इसकी जगह कोई और होता ना या कुछ भी छोड़ के भाग जाता भी धमकियाँ जो विदेश में बैठे हो ना ऐसे बोलोगे हिंदुस्तानियों मतलब सबसे बड़े देश भक्त बनते हैं देश छोड़ के चले गए और इस तरह से ये हमारे टोल टैक्स पर बहुत कम आता है ये कई बार सच्चाई बात बताता है पर हम किसान बैठे हैं जैसे छोटे भाई ने बताया या कैसे बताया इसका जिस दिन हाथ दिया ना बस मतलब हरियाणा हरियाणा टोल टैक्स सारा पछताड़ा है ना मतलब पहले इसके न्याय को इसके इसके बदला लगे मतलब कहने का बदलू है कि भजन सिंह हमारा संसार किसान आंदोलन का स्पोक्समैन है और चैलेंज के साथ हम ये कहते हैं हम किसान पुत्र तो ये कहते हैं कि जिस दिन भजन ने भजन की आ गए या भजन पर किसी ने अटैक कर दिया या भजन को किसी ने हाथ लगा दिया ना उस दिन हम उग्र आंदोलन करते हैं मतलब छोड़ देंगे नहीं क्योंकि भजन एक वास्तविक किसान है लोग आपको बहुत प्यार करते हैं नफरत भी करते हैं दोनों चीजें एक चीज का आदमी का प्यार होएगा तो विरोध भी, भी होएगा मोदी जी अगर कर रहे मोदी बनाया, मोदी बनाया, तो पांच सौ चौली सीट क्यों देते तीन सौ तीन क्यों सौ चौवाली बाकी चुन सके नफरत ही कर देवी तेन पांच सौ चौली देते इस तरीके मेरा जितने प्यार कर रहे उतनी नफरत भी कर रहे बराबर है दोनों दंड चलो नफरत करने बहुत कम प्यार करने आज ज्यादा चलो आखिरी साल हो रही लेते हैं जब भी कोई बात करनी मनवानी पड़ेगी सरकार से तो क्या आंदोलन करने पड़ेंगे क्या टेंट लगाने पड़ेंगे क्या दरिया लगानी पड़ेगी क्या रात को सोना पड़ेगा फिलहाल तो स्थिति यही लग रही जो हालात है टाइम में मेरे हिसाब से आंदोलन लंबा चलेगा और बीजेपी के पछवाड़े पर लात मारगा यूपी में देना बैर करेंगे यूपी में पांच स्टेट में करेंगे जब इनकी अकल ठिकाना आएगी जब सत्ता की कुर्सी पे देने नीचा बगावेंगे इतना इनके खुल दिया क्यूँकी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाएगा सिर्फ राजनीति कर रहे हैं उनके नाम पर ना वोट मिल रही ना कोई किसानी मतलब आना कोई रोजगार का मतलब आना कोई नौकरी का मतलब ना स्मार्ट सिटी का मतलब आ किस चीज देना कोई मतलब सिर्फ अपना भरना खाना हर एक आदमी के घर बढ़ रहे जिसके बर रहे हैं वो किसान आंदोलन के खिलाफ बोल रहे हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी हाथ मिला लिया बीजेपी बी बिल्कुल जी ये सारे के सारे की थाली के चट्टे बट्टे हैं जो पंजाब का सियाम है अभी दिल्ली गया था उसने कांग्रेस ने छोड़ दिया उसने कांग्रेस का ऐसा नहीं माना साढ़े नौ साल उसके मुख्यमंत्री रखा तो जाकर अमित की कुछ भर ली तो यहाँ वो दलें हैं जो मतलब कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलने लेकिन पता क्या तक कौन सा लात मार पकड़ना पड़ जाएगा यहाँ अपने हितों की स्वार्थी के लिए हमेशा उसका साढ़े साल में सियाम बनकर नहीं भरया ये बता उड़ा उन्होंने अपनी कुर्सी पर बढ़ा देगा उनके अमित शाह की गुंजी पर लगाएगा तो अमित शाह ने भेजे उसने नोकांद काम करिएगा नवी पार्टी बना लिया कांग्रेस की वोट काट कुछ सिटाएंगे कुछ सीटा तो लिया गठबंधन बनाएंगे काम करेंगे पंजाब का। पर मैं पाब वाले सारे भाइयों के अगर वीडियो ज्यादा वायरल हो जाए पहुंच जा तो सब निवेदन करना चाहूँगा कांग्रेस और बीजेपी दोनों का हाथ मारगा आम आदमी पार्टी ने जताओ मैं आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट भी नहीं करता हूँ पर फिर भी जिंग अभी मतलब विपक्ष बना पड़ेगा तो कांग्रेस बीजेपी दोनों की छुट्टी करगा यूपी मेंखिलेश यादव ने बनाया तो उठा आम आदमी पार्टी ने बनाया जिस तरह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कांग्रेस हर जगह बीजेपी का विरोध लूट, लूट और भी लूट दे रहे लेकिन भी ये बात तो साबित होगी ऐसे मुख्यमंत्री ने हाथ मिला लिया बीजेपी से उसके बाद ये बात तो साबित होगी कि हर कोई राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है ये तो बात साबित हो चुकी है बिल्कुल जी बिल्कुल सिद्धू और जो ये कांग्रेस भी ना मतलब पंजाब के लोगों ने दोबारा का, कांग्रेस बनाया भी दी ना तो सिद्धू की कैप्टन की इनकी आपस में लड़ाई चलती रहेगी सिद्धू की चन्नी के लोग चलती रहेगी जो चरणजीत चन्नी नीएम बने तो इनके आपस में लड़ाई जनता के ना, ना कोई भला करना ना विकास करना कुछ नहीं करना आपस में लड़ाई जाएंगे जनता का बुद्ध बनाए जाएंगे मूर्ख बनाए जाएंगे तो सब तक निवेदन करना चाहूंगे दोनों के लात मारियो सिद्धू ने सिद्ध भी एक देश जो बाज, हो। ठीक। चलो ये बात रखी है इन्होने अपनी और मुख्यमंत्री के आवाज स्थान के बिल्कुल सामने इस वक्त हम मौजूद है और काफी लोगो से हमने बात भी की और आप ये देख सकते हैं फिलहाल काफी जो किसान है वो यहाँ पर डटे हुए हैं जुटे हुए हैं अब ये वाला धरना कब ख़त्म होगा कुछ कहा नहीं जा सकता जिला सचिवालय के ठीक सामने जो धरना देखा गया था वो चार दिन बाद तो समाप्त हो चुका था अब इसकी अवधि कितने रहने वाली है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता आज पहला दिन है कल दूसरा भी हो सकता है फिर तीसरा भी हो सकता है फिर चौथा भी हो सकता है फिर हफ्ता भी हो सकता है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता टेंट लग यहां पर लग चुके हैं पक्का मोर्चा यहाँ पर जो है किसानों द्वारा बना लिया गया है लंगर की व्यवस्था कर ली गई है पानी की व्यवस्था कर ली गई है आप ये देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री का आवास स्थान है जहाँ पर एक तरफ जवान खड़ा है और दूसरी तरफ किसान खड़ा है अब देखने वाली बात ये होगी कि जो धान की फसल है वो कब खरीदी जाएगी क्या 11 अक्टूबर को खरीदी जाएगी या फिर 11 अक्टूबर से पहले खरीदी जाएगी ये भविष्य के गर्भ में है अपडेट आपको देते रहिए